कभी मौसम भी बदल जाएगा कभी हम भी बदल जाएंगे कभी मौसम भी, भी बदल जाएगा कभी हम भी बदल जाएंगे ढूंढो गएधेरी रात में चिराग लेकर पर हम बहुत दूर चले जाएंगे पल भर के लिए ही सही तुमको मुस्कुराहट देने चले आएंगे प्यार के दो मीठे बोल बस गुनगुनाएंगे। वादा तो करते नहीं हम किसी से हाँ बस तेरे लिए ही बादल वन बरस जाएंगे हाँ बस तेरे लिए ही बादल वन बरस जाएंगे सौधी सौधी वो मिट्टी की खुशबू बुनाएंगे तो आकाश में इंद्रधनुष बन छा जाएँगे धूप को भी हम छाँव में छिपाएँगे हर दपन को फूलों से सजाएँगे कभी जो नाराज़ हो जाओ कभी जो नाराज़ हो जाओ छोटी छोटी ओस की बूंदों से नहलाएँगे हम तेरे लिए सब कुछ कर जाएँगे इस जहाँ से भी अकेले लड़ जाएंगे इस जहाँ से भी अकेले लड़ जाएंगे